नमस्कार सबसे पहले तो मैं जोधपुर पुलिस का बहुत आभारी हूं कि आपने पूरे जोधपुर शहर को बहुत ही ध्यान से संभाल कर रखा है कोरोना के इस दौर में जब बहुत सारे केसेस हो रहे थे बहुत सारे शहरों में तकलीफें हो रही थी लेकिन जोधपुर पुलिस के सहयोग के कारण और जोधपुर की जनता के सहयोग के कारण वहां पर बहुत कंट्रोल रहे केसेस तो मैं आप सब से यही कहूँगा कि जोधपुर पुलिस का सहयोग दे जितनी जनता है जोधपुर की ताकि केसेस ज्यादा से ज्यादा कम रह सकें और हम सब परिवार वाले आपके परिवार वाले सब सुरक्षित रह सकें तो दिल से आभारी हूं जोधपुर पुलिस का आप ऐसे ही कमाल का काम करते रहें हमें आप पर बहुत गर्व है धन्यवाद